सिंगरौली में पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों से लूट करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को पकड़ा है बताया जा रहा है की गिरोह खड़े हुए ट्रकों के ड्राइवरों से मारपीट करता था और उनसे पैसे और मोबाइल फोन छीन लेता था मोरवा थाना पुलिस को लुटेरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है कुछ दिन पूर्व इन लुटेरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था जिसमें नगा लुटेरे ट्रक ड्राइवरों से मारपीट कर रहे थे और उससे पैसे और मोबाइल छीन लिया था इस घटना के बाद थाना प्रभारी द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर ड्राइवर से संपर्क कर पूछताछ की गई और योजनाबद्ध तरीके से इस ग्रोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी पुराने बदमाश और नशे में भी लिप्त बताए जा रहे हैं इस संबंध में काफी सूचनाएं पहले भी मिल चुकी हैं इसी तारतम्य में कल मुकल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बिजुर् के पास कुछ लोग पांच छह व्यक्तियों द्वारा इस तरह की लूटपाट करने की योजना बनाई जा रही है इस सूचना पर कल राश दबिश दी गई थी इसमें पांच-छह पांच, पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पूर्व में भी ये इस तरह के अपराध कर चुके हैं जिनमें इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है संगीत किशोर लहरियों से